आई एम टू डेंजरस मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर एक कुर्सी भी नहीं थी। इसका रहे? इसका है? आपका फोन है से। रिलीज से पहले सलमान खान की राधी फिल्म ने बनाया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पूरे बॉलीवुड को पीछे छोड़ फिल्म बनी नंबर वन सलमान खान की राधी फिल्म पिछले दो हफ्तों से सोशल मीडिया आरोप छाई हुई है ये फिल्म का क्रेज दर्शकों के दिलो दिमाग में चढ़कर बोल रहा है सच में बता दें कि राधे फिल्म से अब तक ट्रेलर के अलावा तीन गाने रिलीज हो चुके हैं गाने और ट्रेलर को बहुत ही पसंद भी किया जा रहा है लेकिन राधे फिल्म के पहले गाने सी मार बॉलीवुड में सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है वो रिकॉर्ड आज तक कोई भी बॉलीवुड की फिल्म नहीं बना पाई दरअसल सॉन्ग ने सिर्फ 10 दिनों में ही 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। यानी कि है। किसी भी गाने को नहीं मिला हालांकि वैसे कई सारे सिंगल एल्बम सॉन्ग होते हैं जिनको शायद इसमें भी कम समय में इससे भी ज्यादा व्यूज मिले हो लेकिन बात करें हम बॉलीवुड सॉन्ग की तो बॉलीवुड में अब तक सबसे कम समय में 100 मिलियन व्यूज पाने का रिकॉर्ड सिम्मा फिल्म के सॉन्ग आख मारे के नाम पर था लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूट चुका है और सिर्फ 10 ही दिन में 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करके सीटी मार यानी की राधे फिल्म ने अपने नाम कर लिया है और ये जानकारी खुद एस द्वारा बताई गई है अब बात करें फिल्म की तो सलमान खान की यह फिल्म 100 करोड़ से भी ज्यादा बजट में बनाई गई है और फिल्म फिल्मी और थिएटर दोनों पर एक ही साथ रिलीज होगी और अभी तक तो यह फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है अब क्या ये फिल्म को रिलीज होने के बाद भी इतना अच्छा रिस्पांस मिल पाएगा जितना ये फिल्म के ट्रेलर और गाने को मिला वैसे भी सलमान खान की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है बता दे कि सलमान खान ने पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं दी जिसका कलेक्शन सौ करोड़ से कम हो तो अब राधे पर सलमान खान के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी काफी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं।